एवरी वन मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टेली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे कैज़ आप लोगों को मालूम है कि मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ आज मैं वर्डपैड का अगला पार्ट लेकर के आया हूँ इसने भी मेरी लास्ट वीडियोज़ ना देखी हूँ वो हमारे चैनल पर विजिट करें और लास्ट वीडियोज़ को देखे रहेंगे तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी यदि आप नए है चैनल पर तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप कंप्यूटर बेसिक कोर्स में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा तो वर्ड पैड की विंडो पर चलने से पहले हम एक बार आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोज अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें तथा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वेलाइकन जरूर प्रेस कर लें तो चलिए देखते हैं वर्ड पैड कागला पुमा चुके हैं वर्ड की विंडो पर एक बार आप लोगों को रिवाइंड करा दूं मेरी जो लास्ट क्लास थी उसमें उस मैंने आप लोगों को होम मैन्यू जो आपका है उस रिवन के अंतर्गत हमने क्लिपबोर्ड टैब फोन टैब और पैराग्राफ टैब बताया हुआ था आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगा और आज ये वीडियो जो होगी वो वर्ड की लास्ट वीडियो होगी आज मैं इसमें वर्ड को फिनिश करूंगा इंस आज मैं इंसर्ट टैब से आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंसर्ट टैब है एडिटिंग टैब है और आपके मैन्यू बारे में जो व्यू मैन्यू है इसको भी मैं कम्प्लीटली आज बताऊँगा सो so, मेरी केयरफुली आप वीडियोस को देखेंगे जो हमारी लास्ट क्लासेस हैं उसको जरूर देख लें यदि आप उसको देखे रहेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी बिकॉज मेरे द्वारा जो भी वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की गई हैं और डीपली बताई गई हैं जिससे फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज इंसर्ट देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर मीन्स यहाँ से हमें पिक्चर इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से पिक्चर को ले सकते हैं पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सिस्टम में आपके कंप्यूटर में कहीं भी जो पिक्चर्स हैं वॉलपेपर्स हैं उन सबको आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं ढेर सारी इमेजेस खुल गई हैं तो हम किसी भी इमेज को यहां से ले लेते हैं और यहां से ओपन करते हैं ये इमेज आपके वर्क एरिया पर आ चुका है चाहें तो इमेज को हम यहाँ से बड़ा कर लें छोटा कर लें जो भी हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से कर सकते हैं आपने देखा है इमेज हमने यहाँ से ओपन किया इमेज के ऑप्शन नीचे दो ऑप्शन हैं एक ऑप्शन है चेंज पिक्चर और एक है रीसाइज पिक्चर चेंज पिक्चर का क्या सेंस है यहाँ पर हम चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली किसी पिक्चर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्लिक करते हैं और उस पिक्चर पर डायरेक्ट वो पिक्चर चेंज हो जाएगी तो इस तरह से हमें पिक्चर अगर पसंद नहीं आई है जो हमने पिक्चर लिया है हम चेंज करना चाहते हैं तो फिर से हमें इसको डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली हम चेंज पिक्चर पर जाएँ और यहाँ से जो हमने डेस्टिनेशन चुना हुआ होगा पिक्चर लाने के लिए वहां हम पहुँच जाएंगे चाहे तो इस लोकेशन को चेंज करके किसी अदर लोकेशन में यदि आपका पिक्चर है तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं ऐसा नहीं है कि जो लोकेशन आपने ओपन किया हुआ है वहीं से आप पिक्चर ले सकते हैं मीन्स कहीं से भी आप पिक्चर को प्रजेंट कर सकते हैं यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और ओके okay किया आप देख पा रहे हैं इस तरह से पिक्चर चेंज हो जा रही है अगर हमने इसको बड़ा कर लिया इसकी साइज को बढ़ा लिया तो आप देखें पिक्चर में एक ऑप्शन है रिसाइज पिक्चर रिसाइज पिक्चर करके हम यहां से पिक्चर को हॉर्जेंटली वर्टिकली हम रिसाइजिंग कर सकते हैं हम अलग अलग अगर हॉर्जेंटल और वर्टिकल दोनों सेटअप हम अलग अलग करना चाहते हैं तो यहां से हम एस्पेक्ट रेशियो जो है इसको लॉक है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और हम पिक्चर को हंड्रेड करना चाहते हैं और ओके okay करते हैं तो हंड्रेड परसेंट जो इसका हॉर्जेंटल स्केल था वो हंड्रेड में आ गया है बिकॉज जब हमने इसको ग्रो किया इसकी साइज़ को बढ़ाया तो ये वर्टिकली भी बढ़ गया था सो so, हम यहाँ से जा करके वर्टिकल भी इसको हम सेट कर सकते हैं 100 पर हम यहाँ चले जाएं और इसको 100 करके हम यहाँ से ओके करेंगे तो पिक्चर की ओरिजिनल साइज़ जो है वो ओरिजिनल साइज में आ गया मींस यहाँ से हम पिक्चर को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं इसकी साइज को हम बढ़ा घटा सकते हैं हम डायरेक्ट बढ़ाना चाहते हैं हम इसको डेढ़ में साइज में कर दिया हमने अभी देखिए लॉक एस्पेक्ट रेशियो लगाए तो हॉर्जेंटल और वर्टिकल दोनों एक साथ साइज ग्रो हो जाएगी अगर हमें बढ़ाना है तो हम बढ़ा भी सकते हैं और कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं यहाँ से हम जाएं और इसको 50% हम कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं हॉर्जेंटल और वर्टिकल दोनों ही 50% हो गया और ओके मतलब इसका आधा फ्रेशनेस वही रहेगी जब वर्टिकल और हॉर्जेंटल आप उसको साइज को छोटा करेंगे तो इस तरह से हम रिसाइजिंग का वर्क भी कर सकते हैं हम यहाँ से 100 कर दें और एंटर कर दें तो आपकी इमेज जो है वो 100 में आ जाएगी मीन्स पिक्चर से हम पिक्चर प्रजेंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट पिक्चर को चेंज कर सकते हैं और उसकी साइज़ में भी परिवर्तन यहाँ से कर सकते हैं अगला ऑप्शन हम देखते हैं पेंट ड्राॅइंग पीछे की क्लासेज में मैंने पेंट को कम्प्लीटली आपको पढ़ाया हुआ है तो वर्ड पैड में यदि हमें पेंटिंग वर्क करना है तो हम डायरेक्ट पेंट ड्राॅइंग यहाँ से कर सकते हैं तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेंट की विंडो आ जाएगी एक ड्राइंग विंडो आपके सामने प्रेजेंट हो गई हमें यहाँ पर कुछ भी ड्राइंग करना है अगर हम इन सब टूल्स का इस्तेमाल करके वर्क करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं या फिर हमने डायरेक्ट सेप बनाना है तो हमने यहाँ से डायरेक्ट कोई भी सेप ले लिया और इस सेप को यहाँ पर हमने प्रजेंट किया जब हमारा सलेक्शन है तो यहाँ से हम आउटलाइन स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेट हम आउटलाइन में दे सकते हैं हम सॉलिड स्टाइल आउटलाइन में देना चाहते हैं और ये सॉलिड कलर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया आप ध्यान देंगे ये आपका फोरग्राउंड कलर है और ये जो आपका वाइट है ये बैकग्राउंड है तो हम कलर टू सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसमें हम फिल कलर की कोई भी स्टाइल प्रोवाइड कराएंगे हम चाहते हैं ये ऑयल फॉर्मेट में पेस्ट हो अब यहाँ हम चलते हैं कोई भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ कलर पेस्ट कर सकते हैं ये ऑयल फॉर्मेट में आ गया तो इस तरह से हम इमेज को यूज़ कर सकते हैं ड्राॅइंग यहाँ पर कर सकते हैं और जब हम यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे तो इस तरह से आपके पेंट मैंने वहाँ से पेंट को क्लोज किया और जो हमने पेंट में ड्राॅइंग किया हुआ था वो यहाँ पर आपके सामने प्रजेंट हो गया मीन्स कहने का मतलब यह है कि हम वर्ड पैड में भी पेंट का वर्क कर सकते हैं पेंट ड्राॅइंग के ऑप्शन के द्वारा ये काम हम कंट्रोल डी करके भी इसको हम प्रजेंट कर सकते हैं जबकि एक यहाँ एक ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं लेकिन सुविधा के लिए पेंट ड्राइंग आपको अलग से दे दिया गया है पुरानी कोई भी विंडो आप पढ़ेंगे जो आपका विंडोज सेवन है या उससे भी पुराना जो वर्ज़न आपके पास है उसमें आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे डायरेक्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और इसका व्यू भी थोड़ा सा चेंज होगा पेंट ड्राॅइंग आपको समझ में आया होगा बिकॉज आपको पेंट के बारे में पूरा नॉलेज है यदि नहीं है तो हमारी पिछली क्लासेज आप ज़रूर देख लें फिर आपको पेंट का कम्प्लीट नॉलेज हो जाएगा अब हम देखते हैं डेट एंड टाइम यहां से डेट और टाइम के कई सारे फॉर्मेट हैं जो हम यहां से डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा वहां पर ये प्रेजेंट होकर के आ जाएगा जो फॉर्मेट हमने वहां से चुना होगा हम डायरेक्टली इसको ग्रो भी कर सकते हैं इस तरह से आपका फॉन्ट ग्रो करके आ गया है अगला ऑप्शन हम देखते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट हम करसर कहीं भी रख सकते हैं अपना हम अपना इंसर्सन पॉइंट कहीं भी रख लें यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर जाते हैं तो एक डायलॉग आ जाएगा हमारे पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ से हम क्या कर सकते हैं क्रिएट न्यू क्रिएट फ्रॉम फाइल अगर हम फाइल से लाना चाहते हैं तो फाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यहाँ से हम ले सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ से आपको कुछ भी आप कोई भी काम कर सकते हैं जैसे हमें रीडर से कुछ करना है हमें फ़ोटोशॉप से इमेज लानी है या माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट लाना है मीन्स जो भी एप्लीकेशंस बेसिक एप्लीकेशन सब इसमें आपको शो कर रहे हैं हमें ड्राइंग यूज करना है तो हम यहाँ से ड्राइंग वगैरह का भी वर्क कर सकते हैं अगर पिक्चर ला करके कर आपको दी बताया मैंने अगर हम एमएस वर्ड से पिक्चर लाना चाहते हैं तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे आप देख पा रहे हैं एमएस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ खुल करके आ गया है यहाँ से चाहें तो हम इसकी साइज को बड़ा कर लें इस तरह पूरा विंडो आपके सामने आ जाएगा हम चाहते हैं कि इसमें हम पिक्चर ले लें तो पिक्चर को हम यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली इंसर्ट किया हमने पिक्चर को और यहाँ पर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ अगर हम वर्ड एमएस वर्ड ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम एक एट्रैक्टिव वर्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएँ हम वर्ड आर्ट ले, ले लेते हैं यहाँ हमने लिख दिया मैंने चैनल का नाम लिख दिया इसको सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देंगे बोल्ड कर दिया और यहाँ से ओके कर देंगे आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपका केसीआई टैली स्पेशलिस्ट चैनल का नेम लिख करके आ गया इसमें हमें मूवमेंट करना है हम यहाँ से जाएँ इन फ्रंट ऑफ कर लेंगे टेक्स्ट को तो हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं हम चाहें तो इसके पीछे का सैडो है उसको यहाँ से हम हटा देते हैं सैडो हट गया और ये जो आपका लिखा हुआ है के टैली स्पेशलिस्ट वो यहाँ हो गया हैं हैं हैं से से इसको close कर देते हैं, तो ये ये जो जो मैंने काम किया है है आपके WordPad पर हो जाएंगे अब आप आप देखें ये WordPad की इसमें इस तरह से करके हम हम को ले लेंगे आप देख रहे हैं, हम WordPad में लेकिन हमने से से ये और लिख करके ले लिया पर तो इस तरह हमनेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम कोई भी वर्क किसी भी का वर्क कर सकते हैं अपने जबकि आपको मैंने पिछली क्लासेज में ही बताया है कि नोट पेंट और वर्ड ये तीनों बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हैं ये ऑप्स ये एप्लीकेशंस आपको एक्सेसरीज़ में मिल जाते हैं मींस ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल्ड हो जाते हैं इसको हमें अलग से इंस्टॉल्ड नहीं करना पड़ता जैसे एम ऑफिस है आपका टेली है डी के ऑप्शनस हैं पेजमेकर कोरल ड्राफ फोटोशॉप अदरवाइज कोई भी एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं अलग से उसको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है बट नोट पेंट वर्ड ये हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में तो ये हो गया आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट अब हम चलते हैं फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्टॉल मीन्स एडिटिंग टैब को हम पढ़ते हैं इंसर्ट टैब आपको अच्छे से समझ में आया होगा यदि कोई भी दिक्कत रहती है तो आप रिपीट करके वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं सेलेक्ट करते हैं पूरा और डिलीट कर देते हैं यहाँ पर हमने कुछ मैटर ले लिया इस तरह से इसको हम थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं इसे बोल्ड कर लेते हैं और अब हम चलते हैं फाइंड का इस्तेमाल करते हैं एडिटिंग हमें इसमें कुछ भी एडिटिंग करना है तो जैसे फाइंड मतलब होता है कुछ भी खोजना है सर्च करना फ़ाइंड करेंगे यहाँ से यदि हमें चेक करना है कि इसमें कोई भी वर्ड को फाइंड करना है सेंटेंस को फाइंड करना है हम जानना चाहते हो कितनी बार आया है तो यहां से हम टेक्स्ट को फाइंड कर रहे हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख लिए हमने अब देख पा रहे हैं टेक्स्ट कई बार आया तो हम जानना चाहते हैं कितनी बार है टेक्स्ट तो यहां से फाइंड नेक्स्ट करेंगे यहां टेक्स्ट लिखा और हम फाइंड नेक्स्ट करना स्टार्ट करेंगे देखिए जहां हमारा इंसर्सन पॉइंट होगा वहीं से ये सर्च करना स्टार्ट करेगा और जहां पर इस एंड हो जाएगा वहाँ बता देगा कि डॉक्यूमेंट में अब ये आपका एंड हो चुका है आप ध्यान देंगे यहां पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर में है और हमने यहां पर दिया है टेक्स्ट को टी कैपिटल कर दिया है तो यदि हम मैच होल वर्ड ओनली कर लेंगे वही एक सिंगल वर्ड जो है उसको को ये सर्च करेगा और उसके बाद जब वो फिनिश हो जाएगा तो यहां से बता देगा कि आपका उस पैराग्राफ में वो फिनिश हो चुका है लेकिन इसमें अगला ऑप्शन है मैच केस आप देख पा रहे हैं यहां पर जो टी है वो कैपिटल है और यहां पर स्मॉल में ही है पूरा मीन्स केस मैच नहीं करेगा तो ये सर्च नहीं करेगा हम यहाँ जाएँ फाइन नेक्स्ट करें बचाएगा सर्चिंग डॉक्यूमेंट. मींस जब तक केस नहीं मैच करेगा जिस केस में हमने लिखा है हमने इसको टाइटल केस में या इच वर्ड बोलते हैं, उस फॉर्मेट में लिखा है सेंटेंस केस में लिखा है, मान सकते हैं इसको हम तो इसको जब हम यहां से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नहीं दिखाएगा मीन्स केस सेम नहीं है जब सेम केस मिलेगा तभी दिखाएगा अभी हम चलते हैं यहां से टी को स्मॉल कर लेते हैं और फिर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं आप देख पा रहे हैं ये फाइंड नेक्स्ट के माध्यम से इसको हम फाइंड कर पा रहे हैं बिकॉज अब यहाँ पर जो केस है वो सेम है तो इस तरह से हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं कैंसिल कर दिया रिप्लेस एक ऑप्शन है रिप्लेस प्लेस को परिवर्तित करना चाहते हैं हम उसका स्थान परिवर्तन उस नेम को जैसे टेक्स्ट के स्थान पर हम नेक्स्ट करना चाहते हैं जैसे हमने लिख दिया नेक्स्ट टेक्स्ट की जगह पर हम नेक्स्ट चाहते हैं तो हम यहां पर फाइंड तो हम कर ले रहे हैं रिप्लेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये यह टेक्स्ट यहां से नेक्स्ट हो गया अगर हम रिप्लेस आल कर देंगे तो जहां भी टेक्स्ट होगा वहां सब नेक्स्ट हो जाएगा आपने देखा जहां जहां टेक्स्ट था सब नेक्स्ट नेक्स्ट करके आ गया बिकॉज हमने यहां से रिप्लेस कर दिया है अब हम क्या करते हैं यहां चाहे तो हम लिख दें नेक्स्ट नेक्स्ट लिख दिया हमने और यहां हमने लिख दिया टेक्स्ट अब हम यहां से नेक्स्ट को फाइंड करेंगे पहले नेक्स्ट आपका फाइंड हो गया रिप्लेस करेंगे तो नेक्स्ट फिर से टेक्स्ट में परिवर्तित हो जाएगा अगर रिप्लेस आल कर देंगे तो जहां जहां नेक्स्ट होगा सब टेक्स्ट में परिवर्तित हो जाएगा तो इस तरह से हम रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका सेलेक्ट आल हम कंट्रोल ए करके भी सेलेक्ट आल करते हैं बट अगर हमें एडिटिंग में सेलेक्ट आल का इस्तेमाल करना है तो क्लिक करते ही सेलेक्ट ऑल हो जाएगा मतलब आपके वर्क एरिया पर आपके पेज पर जितना भी मैटर होगा चाहे वो पिक्चर हो टेक्स्ट हो पैराग्राफ हो कुछ भी हो सब सेलेक्ट ऑल हो जाएगा एक साथ सब सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से हम सेलेक्ट आल बाहर क्लिक कर देंगे तो डी हो जाएगा मतलब सेलेक्शन हट जाएगा आई होप एडिटिंग भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब हम चलते हैं तो व्यू मेन्यू को देखते हैं व्यू मेन्यू आपका बहुत ही सिंपल है इसमें भी तीन टैब हैं आपके जूम टैब है सो और हाइट टैब है एंड सेटिंग टैब है तो बहुत ही सिंपल है आप यहाँ से जूम को बढ़ा सकते हैं जबकि आपके पास जूम स्लाइडर है यहाँ से भी आप जूमिंग को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं आप देख रहे हैं मैक्सिमम जूम फाइव है और मिनिमम जूम जो है टेन है तो हम इसको हंड्रेड लगा करके रखते हैं या हमने बड़ा कर लिया हम डायरेक्ट हंड्रेड चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे 100 परसेंट में आपका पेज हो जाएगा जूम इन अब यहाँ से जूम इन कर सकते हैं डायरेक्ट देखिए जूम इन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसको इन करते जा रहे हैं मतलब जूम को बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ से जूम आउट करते जाएंगे जूम को कम करते जाएंगे 100 परसेंट करना है तो डायरेक्टली हम हंड्रेड पर क्लिक कर देंगे और जूम हंड्रेड परसेंट हो जाएगा आप देख रहे हैं ये रूलर है आपका मैंने पार्ट ऑफ विंडो बताया था जब आपको तभी बताया था ये रूलर है और रूलर को चाहे तो यहाँ से हम हिडन कर सकते हैं सो हाइड आपका टैब ही है ये जूम टैब आपके समझ में आया होगा आप सोहाइट टैब में मैंने बताया रूलर है रूलर को यहाँ से हमने सो कर लिया यहीं से हिडन कर दिया तो इस तरह से हम सो हाइड कर सकते हैं नीचे आप देख पा रहे हैं ये है यहाँ आपका स्टेटस बार जहाँ पर जूम स्लाइडर शो कर रहा है यहाँ से स्टेटस बार को भी हम हिडन करना चाहते हैं देख रहे हैं स्टेटस बार यहाँ से आपका गायब हो गया यहाँ हम क्लिक करेंगे फिर से आपका स्टेटस बार आपके सामने प्रजेंट हो जाएगा तो ये है आपका सो और हाइट टैब अब हम देखते हैं सेटिंग टैब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें दो ऑप्शन है फर्स्ट आपका वर्ड रैप और सेकंड है मेजरमेंट यूनिट्स यहाँ से हम यूनिट्स को भी बदल सकते हैं जो रूलर के मेजरमेंट यूनिट्स है तो वर्ड रैप पहले हम देखेंगे यहां देखिए एक सिंबल आपका दिख रहा है एक लाइन है उसके बाद टूट के दूसरी लाइन या एक पैराग्राफ टूट के दूसरे पैराग्राफ या दूसरी, दूसरी लाइन में चला गया मीन्स कहने का मतलब यह है कि वर्ड मतलब होता है शब्द रैप मीन्स होता है मोड़ना तो यहाँ से हम शब्द को मोड़ सकते हैं अभी हमारे शब्द जो है रैप टू रूलर है रूलर में शो कर रहा है अगर हम यहां चले जाएं और यहां पर हम कर दें देखिए रैप से रिलेटेड तीन ऑप्शन है वो रूलर तक जाएगा और मुड़ जाएगा मीन्स रैप टू रूलर अगर रैप टू विंडो करेंगे तो पूरी विंडो तक जाएगा टेक्स्ट फिर मुड़ जाएगा अगर नो no रैप कर देंगे तो विंडो के अंदर्गत छिपने लगेगा टेक्स जैसा कि नोटपैड में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था तो हम यहां से नो रैप कर देते हैं आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट हिडन हो गया और हमारे स्क्रॉल बार में एलिटर आपको कर रहा है जिसे हम को करके देख सकते हैं यह आपका नो रैप यदि हम रैप टू विंडो करते हैं तो यहां से यहां तक मतलब टेक्स्ट यहां तक लिख सकते हैं हम उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्टली मुड़ जाएगा मीन्स कोई भी टेक्स्ट आपका हिडन नहीं होगा विंडो के अंदर आ गया अगर मैटर बहुत ज्यादा है तो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा जिससे एलिवेटर को मूव करके हिडेन टेक्स्ट को देख सकते हैं और यदि हम रैप टू रूलर कर दें तो रूलर के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट सेटअप हो जाएगा और रूलर से जो आपका इंडेंट सेटिंग है पिछली वीडियोस में मैंने इंडेंट्स के बारे में बताया हुआ था तो इंडेंट से बाहर आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा जहां पर आपके रूलर का सेटअप है तो ये है आपका वर्ड रैप नो रैप से आपका टेक्स्ट हिडन होने लगेगा विंडो में और रैप टू विंडो कर देंगे तो विंडो तक जाएगा फिर वहाँ से मुड़ जाएगा रैप टू रूलर करेंगे तो रूलर के अंडर में ही लिख पाएंगे तो ये हो गया आपका वर्ड रैप हम देखते हैं मेजरमेंट यूनिट्स यहाँ पर क्लिक करते हैं यूनिट्स अगर हम सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो आप रूलर को ध्यान देंगे ये देखिए सेंटीमीटर में फॉर्मेट में आ गया है अगर हम इंचस किए हुए हैं जैसे पहले था तो देखिए इंच फॉर्मेट में है यहाँ से हम पॉइंट्स में कर देंगे तो पॉइंट्स फॉर्मेट में आ जाएगा तो यहाँ से अपने रूलर को हम फिकास में कर दिया तो फिकास में आ जाएगा ये मेज़र कर सकते हैं यूनिट्स को यहाँ से मींस अपने रूलर का यूनिट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर हमें सेंटीमीटर में माप करना है तो हम इंच से सेंटीमीटर को माप करें समझ में नहीं आएगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से यूनिट ही सेंटीमीटर ले लेंगे और अपने पैराग्राफ की सेटिंग हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं यदि हमें पॉइंट्स में करना है तो अपने रूलर का फॉर्मेट हम चेंज कर लें पॉइंट में कर लें और उसको हम कर सकते हैं तो इस तरह से सरल तरीके से आप मेजर कर सकते हैं तो ये हो गया आपका सेटिंग आई होप आपको व्यू मेन्यू व्यू रिबन है आपका कंप्लीटली समझ में आया होगा इसमें लास्ट ऑप्शन है अगर देखा जाए तो हेल्प हेल्प से अगर हम कोई भी मदद लेना चाहते हैं हेल्प पर क्लिक कर देंगे तो हमें विंडो रिलेटेड हेल्प हम ले सकते हैं ऑनलाइन हेल्प हम प्राप्त कर सकते हैं ये था आपका कंप्लीट मेन्यू ऑप्शंस और प्रत्येक जो मेन्यू ऑप्शन है चाहे फाइल हो होम हो व्यू हो कंप्लीट मैंने आपको बताया वर्ड आपका तीन वीडियो में मैंने कंप्लीट वर्डपैड आपको बता दिया ये वर्डपैड का लास्ट वीडियो था आई होप आपको वर्डपैड अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक जरूर करें शेयर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद